टीका

दर्शन करो और सुंदो करो

वगैरह भगवान को चढ़ाओ अपनी इच्छा से नाम दक्षिणारे महाराज आत्मीरो

करो, ओम ओ ज्वाला

ये लाइव आपको डीवाना से महायज्ञ का मैं दिखा रहा हूँ जिन्हें पुराने जमाने में आभा नगरी के नाम से जाना जाता था आभा नगरी डी को ही कहते हैं यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन हुआ है

इतिहास में शायद ये पहला होगा

गेट, गेट गेट गेट है। अरे गेट अरे इतना बड़ा टेंट और इतना भव्य प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ

देवा माताJackie पारवती कृत महादेवा माताJackie पारवती कृत महादेवा माताJackie पारवती कृत महादेवा माताJackie पारवती कृत

वाहेगा देवा कीर्तन तेरा बार राम के नौक दया और राम के देवा वाहेगा राम के नौक शांति लगा तुम शांति शांति रूप बनाते हो डायरेक्ट इंग्लैंड हो दे श्री रानी साहब के नाम जाम नवा निराजन हमर भयान और भयान श्री रामचंद्र की तरफ के बचाओ के लिए ओ हो जय बैठे राजा जगहे मलक माया जन देवीवा

प्रत्याय

ये मायब का लाइव है आबानगरी शायद ये इतिहास में पहला है

पास में के तो छोटी तो है

ओम ओम वही वही अभी तो ये शुभ

कि प्रातः के समय ये सब स्टार्ट हो रहे एक सौ आठ कुंडी महाय

उसको दोनों हाथों ले ले से लेकर के नस्तक के रहो नेतों के रहो माता बैनिकूडी के रहो और गणेश महाराज से अखंड सौभाग्य की कामना करो सभी लोग हाथ जोड़ करके गणेश महाराज से प्रार्थना करेंगे हे गजानन गणेश महाराज हमारी पूजा को स्वीकार करो

हमको आशीर्वाद हमारा मंदिर बन जाने हमारा संकल्प खटम तुम कर

you are

सिद्धि मैया के सहित मस्तक के लगाओ गणेश बोलो गजानंद गणेश जी महाराज कीजानंद भगवान की

गणेश जी महाराज की पूजा संपन्न किया सम्पन्न की आपने पांग। आओ। दूसरे नंबर पर, पर की मातृकाओं का पूजन आप लोग करेंगे अंजली पर को को प्रणाम करते हुए पूजा

ओम समकी भुरिया दिया संग ऋणयो र तल्ला हामा यो नबा रवा तवीरा नि तवदी संकुबी ओम गहा हरि रदा अल्लाह हुम्मा बिरामा रदा नाम

पूरे देवता सही सी सौ बाधि ध्यान नमह

कुल देवी का पूजन करो चार बार जल छो्यम जलम समर्पया अरघ्यम जलम समर्पया प्रमया आत्मनीयम जलम समर्पया स्ना जलम समर्पया प्रणयामी पंचावृत स्नम समर्पया प्रणयामी शुद्धक स्नान समर्पया प्रणयामी

वस्त्रोप वस्त्रे स वर्णयामी वस्त्रं जलाचमनी सामर्पया विवर्णया दन समर्पयामि समर्पयामि पुष्पा पुष्पमालापयामर्पयामियाुरा समर्पयामि वर्मया

बिल्लव पत्रा सर पया अबीर गुलाल समरपया भौरवयामे सिंदूरम समर मया सुगंध इतलायामे धूपम आग्रापयामे आग्राम दीपम दर्शयामे अर्भयामे हस्तौक्षा नैवेद्यम हौमनाभ्या

लाल द्रव्य द्रव्यलक्षिणाम पुष्पाजलिमादा पुष्पांजलि ले करके

कुलदेवी के सहितो हो मातृकाओं का ध्यान करते हुए मातृकाओं को प्रणाम करो ओम ओबाला नयने विशाला रणे तराला विद मुंडला बक्ता

बाला संस्था नमस् नमस्त नमस्त नमो नमः नम यादेवी सर्वूतेशु लक्ष

नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमो नमस्त नमस्त नमस्तयात्री

एक सौ आठ कुंडी महाय भाबानगरी के अंदर का का तो पुरुष भगवान भगवान की करने से में शांति

की के के लेना। करने वाले इसलिए वास्तु पूजन किया जाता है प्रधान प्रधानमंत्री हमारे चलिए के कौन में वास्तु पुरुष भगवान के पास प्रधान प्रधानमंत्री श्री राम भगवान

और पत्ता पंडित आ ये। और आज नाम नहीं है। श्रीमान मोहनलाल नहीं रहा। चाही बंदी क्या

आपने तो, आप अपनी जितनी सारी जोड़ी जूम कोनुए और आप सब लोग अपने-अपने स्थान पर अंजलि बनाकर के अक्षत पुष्प लेकर के और भूमि के देवता वास्तुक पुरुष भगवान को प्रणाम करते हुए पूजा करेंगे यथा स्थान ओम वा सौजवली ब्रह्मते जानि दमाकवाए लो अनि ओ भगवान हो पृथ्वी मह हे प्रति तंत्रो तुगतो संगाव भव दिवे धाम च सुवते

स्वाम ब्रह्मत्या वाहितो वास्तु मंडल देवता सहित वास्तु पुरुषाय नमो नमः नमामि को जनाय वास्तु पुरुष भगवान के लिए चार बार कल छोड़ो पाद्य तिलक समरपया तुवार मया केम जलम समरपया वाम

वस्त्रोपस्त्रे समर्पया वस्त्रंलायर्पया गंधम चंदनमें अक्षताया पुष्पा पुष्पमालामया वर्मयामे जूझ्वाकुरा सामयामे बिल्लव पत्रन समर्पया अमीर गुलाल सपया

सिंदूर समेत दर्शा लक्षा ओम कांग्रेस

फूल भयान, शक्ति क्षिणाम पुष्पाजलिंगोड़शोचा पूजा करके पुष्पाजलियो वास्तुन भगवान को सुख शांति की कामना कर्तव्य प्रणाम कर पुष्पांजलि दे कर्तव्य तो। पुष्पाजलि

वास्तुदेव भुवन प्रधान शिक्षा निगण प्रतिष्ठा पुष्पाजलिपे सुमनो वदातो ऋणंतु देव मम कार्य सिद्ध ऋणंतु दिव

मम कार्य सिद्ध्यगपृष्ट सारूण सूल हस्त बना बनो पातायक वास्तुदेव नवास्तु देवेश

सर्वान्न का प्रय्क्ष मे शिप सुखम दे सर्वा काम प्रयक्ष मे मंत्रपुष्प्वांजलि सर्पयामे नीलाग्रीन वास्ुमंडल सदैवासुपुरश भगवा

यहाँ की जनता में आस्था बहुत है का किया आप लोगों ने अब इसके बाद में जो क्रम है वहां में मंडप का भोजन होगा जो मंडप हो बनी हुई है इनको हम नारायण का स्वरूप कहते हैं इस नारायण यहाँ पर मंदिर है भगवान नारायण का तो अब मंडप में सोलह स्तम्भ संक्रांति है सोलह स्तंभ प्रधान है

चार द्वार हैं, चार द्वारों पर चार मेन भगवान हैं। इन सबका आप लोग पूजन करने के पाए चावल ले लो और चावल लेकर के जिन-जिन देवताओं के नाम का उच्चारण हो नमः के योग में नमः के योग में आपको अक्षत अक्षता है प्रधान चलो प्रधान कुंड के इंसान को ब्रह्मा जी के पास चलो सबसे पहले ब्रह्मा जी से

जनता में बहुत उत्साह और लग्न ऐसा प्रोग्राम तकरीबन सौ साल पहले कोई हुआ होगा

ओम ब्रहण प्रदम पौमदी शिव ओम ब्रह्मणे नमित्री नापुरुषा नमे नौ नमह

कोई आदमी जीरो तो वो डायरेक्ट लिए आगे भगवान के चलो और इधर आते वेलकम टू लाइव जेट रिमेंबर टू

share your privacy and able by your community guidance namo maharama able by your community guidance namo maharama satre namo maharama namo maharama namo maharama taali sampurya samavale namo maharama namo maharama hoina namo maharama namo maharama sattai sampurya samavale namo maharama

स्टो ऑफ स्लिम ओके अब अतो ही मिलना है